ऐसी से चिपचिपा पानी आना धात या स्वपन दोष वीर का पतलापन चिपचिपा पानी का इलाज इन सब परेशानियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ आज के समय में जिस यौन रोग से लोग सबसे ज्यादा परेशान है वो है चिपचिपा पानी निकलने की समस्या से। जब ये कम मात्रा में निकलता है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमारे लिंग में उत्तेजना ज्यादा होती है तब चिपचिपा पानी की कुछ बूंदें लिंग के मुंह पर आ जाती है ये चिकिनाई का काम करती है जिससे लिंग का रूखापुन दूर होता है और संभोग अच्छे ऐसी करने में ये मदद करता है और लिंग की छिलने का खतरा भी नहीं रहता है लेकिन जब ये चिप पानी ज्यादा निकलने लगता है तब ये एक समस्या है और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है सवाल मैं 10 वर्षों तक हस्तमैथुन किया है आप मैं जब गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ तो लिंग से बहुत चिपचिपा पानी निकलता और यहाँ की बिना इरेक्शन के भी पानी आता है यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं गर्लफ्रेंड से किसी भी तरह की बात नहीं कर पाता केवल उसके नाम से लिंग में थोड़ी उत्तेजना होती है और चिप पानी आ जाता है यदि मैं एक घंटे बात कर लूँ तो कम ऐसी कम चार ऐसी पाँच बार पानी आता है ऐसा पिछले दो महीने ऐसी हो रहा है क्या इससे नींद पर कोई असर पड़ता है मैं बहुत परेशान हूँ कृपया कुछ उपाय बताइए पत्नी संकफोर्ट ले करता हूँ तो लिंग में से चिपचिपा पानी बहुत निकलता है क्या कोई बीमारी है जवाब पहले हमें प्रक्रिया को समझना चाहिए यह ऐसा है जब हम भूखे होते हैं और कुछ अच्छा भोजन देखते हैं, हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है इसी तरह आपके मामले में जब आप अपने प्रिय से बात करते हैं और कामोत्तेजित या उत्तेजित महसूस करते हैं तो आपका लिंग एक तरल स्रावित करना शुरू कर देता है जिसे प्री कहा जाता है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इसलिए आपको इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए दोस्तों देखिए आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको चिपचिपा पानी निकलने की समस्या है कि नहीं तो वो लक्षण है जब लिंग खड़ा हो उसके बाद लिंग के मुंह पर चिपचिपा -चिप पानी आ जाना अश्लील फोटो या वीडियो देखने के बाद लिंग से चिपचिपा पानी आने लगना मन में उत्तेजक विचार के आने के बाद लिंग से चिप पानी निकलना फोन आरोप लड़की ऐसी उत्तेजक बात करने के बाद चिप पानी निकलना दोस्तों ये प्रमुख लक्षण है जब हम चिप पानी निकलने की समस्या ऐसी होते हैं अब बात करते हैं चिपचिपा पानी निकलने की समस्या के कारण की दोस्तों चिपचिपा पानी निकलने का प्रमुख कारण है अत्यधिक हस्तमैथुन जब हम ज्यादा हस्तमैथुन करते रहते हैं तब हमारी लिंग की नसें बहुत कमजोर हो जाती है जिसके कारण ये समस्या हमें हो जाती है चिपचिपा पानी निकलने के बाद शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है जब भी छिप पानी निकलता है उसके बाद गुप्तांग ढीला पड़ जाता है ऐसा लगता है की गुप्तांग की शक्ति बहुत कम गई है अंतकोश में भी ढीलापन आ जाता है कई बार तो अंत का आकार भी बढ़ जाता है अंतकोश जैसा सामान्य रहता है वैसा नहीं रहता है बहुत ज्यादा लटक जाते हैं छिप पानी निकलने के बाद अंत में दर्द भी होता है ये दर्द कम समय से लेकर ज्यादा समय तक भी रह सकता है दर्द दाए या बाय अंत में हो सकता है या दर्द एक साथ दोनों में हो सकता है छिप पानी निकलने के कारण कमर में भी दर्द होता है और पूरे शरीर में कमजोरी जैसा लगता है कभी कभी इतनी कमजोरी हो जाती है कि आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है चक्कर जैसा लगता है दोस्तों ये दुष्प्रभाव चिपचिपा पानी निकलने के कारण ही होता है जब चिपचिपा पानी निकलने की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी तो ये दुष्प्रभाव भी दूर हो जाएंगे तो अब बात करते हैं चिपचिपा पानी निकलने की समस्या को ठीक करने की असरदार दवा की दोस्तों ये एक हर्बल दवा है इसका नाम है सारा सिमेंट फोर्ट आपको एमेजोन आरोप मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूँगा वहाँ ऐसी आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते है या फिर आपको कोई निशानी है एमजोन ऐसी परचेज करने में तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है उस नंबर पर आप अपना एड्रेस WhatsApp कर सकते हैं बस आपको एड्रेस और प्रोडक्ट का नाम WhatsApp करना है और ये आपको कैश ऑन डिलीवरी पर चार से पाँच दिन में मिल जाएगा तो चलिए अब बात करते हैं दवा को कैसे इस्तेमाल करें सारा सिमेंट फोर्ट का इस्तेमाल आपको सुबह और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद गर्म दूध के साथ ढाई ग्राम लेना है और अब इसकी सामग्रियों की बात करते हैं तो इसके अंदर है सतावरी अश्वगंधा शिलाजीत सफेद मूसली कौच बीज बीज बिंद सलाब मिश्री जैसी और कई सामग्रियाँ हैं तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं और साथ ही साथ बेल आईकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली फायदेमंद और नॉलेजेबल वीडियो कभी मिस न करें अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर